धन्यवाद है सभी प्रेस के तौर पर आज छब्बीस तारीख है और आज का ये रखा गया प्रोग्राम के हर गवर्नर को पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जाएंगे बहुत जगह उनको ज्ञापन दिए गए बहुत जगह शांतिपूर्ण तरीके से उनमें ज्ञापन देंगे आज तक उस जगह अभी देहरादून के अंदर उनको हमारे अरेस्ट वहाँ पर करेंगे ज्ञापन उनका नहीं दिया गया जाके छत्तीसगढ़ को वहाँ पे लोग अरेस्ट करा गया दिल्ली में भी यहाँ से ये कहा गया कि दिल्ली के लोगों से हम एलजी से बातचीत करवाएंगे उनसे तो धोके में हमारे लोग को रखा गया उनको पुलिस की कस्टडी में ले जाया गया और सात आठ लोगों को तो अलग अलग जगह उनको दूस दूसरी जगह छोड़ दिया गया आपने। ये लोकतंत्र की हत्याएं हैं ये इसीलिए ये आंदोलन सात महीने हो गए ये सरकार जो बात कहती है वो करती नहीं। क्या इस पर विश्वास करा जाए ये पूर्ण रूप से झूठ कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और बात हमको कर लो गवर्नर का जो सैद्धांतिक पद है गवर्नर सबके हैं और उसके बाद दिल्ली उसे सिर्फ बीजेपी के लोग मिल सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा गया संविधान में ये जिस पार्टी की सरकार होगी वही उससे मिल सकते हैं हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर वहां पर नहीं मिलने गया और अभी भी युद्धवीर सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपने वे वहां पर है सिविल लाइन पुलिस के सामने वहां बैठे हुए हैं थाने के वहां या तो उनको गवर्नर साहब से मिलवा जाए जो एन से मिलवा जाए ऐसे ही देहदूद में हमारे जो लोग हैं या तो मिलवा जाए उनसे ज्ञापन दिलवा जाए इधर को छोटा जाए ऐसे ही दिल्ली में है नहीं जाएंगे तो हम पूरे देश में सख्त प्रोग्राम हम अपना हो ज्यादा करेंगे हम यहाँ से भी प्रोग्राम अपना करेंगे यहाँ से भी हम दिल्ली की तरफ से खोज करेंगे या तो उनको वहां पर ज्ञापन उनका दिलवा जाए वहां पर एक अन्याय है जो लोकतांत्रिक कंट्री में कहीं में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जब अपना ज्ञापन देना चाहते हैं ज्ञापन भी ना जा सकता हो तो किस तरह की सरकार है इसलिए अगर का जवाब देना पड़ेगा सबके तो हम उसके लिए पूर्ण सक्षा में तैयार हैं और इनके खिलाफ ये कार्रवाई हम और करते रहेंगे आप दिल्ली पूछ करेंगे ज्ञापन तो देहरादून में और अभी दिल्ली में दो जगह के ज्ञापन नहीं देंगे फिर उनको अलग अलग, अलग जगह पे लोगों को पकड़ा अलग अलग, अलग, अलग, अलग जगह पे छोड़ दिया हिरासत में है उनका ज्ञापन लो आप ऐसे नहीं होगा कि आप ज्ञापन ही नहीं लोगे ये तो देश में पहली बार जागे ज्ञापन ही नहीं लोगे ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर भी बीजेपी के ही हो गवर्नर तो देश के हैं जनता के हैं वे सबके हैं उनको अपनी बात कहने का सबका अधिकार होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, थी, थी। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में हम दे देंगे उनसे टाइम हमने लिया गया तो इसका मतलब झूठ बोला गया है नहीं नहीं वर्चुअल भी नहीं वे करवा रहे नहीं करवा रहे वर्चुअल वर्ल्ड मीटिंग भी नहीं है तो सही नहीं सबको पता था क्या गवर्नर भी बीजेपी की बाधा बोल रहेगा उनको तो नहीं बोलनी चाहिए हमारी तो लड़ाई प्रशासन से है ये नहीं पता वो तो प्रशासन पता है जैसे दिल्ली में भी एल के भाग गए उसके सब लोगों पकड़ा और उनको कहा के डॉर्डर आपके वहां जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में बैठा के उनको अलग अलग जगह उनको छोड़ देगा लेकिन वहां से दोबारा फिर युगवीर सिंह के, और सिविल लाइन या मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे हुए धरने में बैठे हुए हैं सरकार से तो बातचीत जब होगी जब सरकार बात करेगी सरकार अभी बात कर आ रही है सात महीने होंगे सरकार कोई तो बातचीत नहीं आज ऐसी कुमार का कहना है और तीन महीने बात करना चाह रहे हैं किसान बात करेंगे मोदी साहब बड़े फसल बीमा योजना ऐसी किसानों को कितना लाभ हुआ है लाभ हुआ लाभ तो है सरकार है वो तो खिलाफ बोलिए सरकार से बात करवाओ चलो ठीक है अगला मूवमेंट चल रहा हमारा मूवमेंट चल रहा और मूवमेंट को तेज करेंगे हम पूरे देश भर में करेंगे कोविड की गाइडलाइन खत्म होगी तो हम पूरे देश का मूवमेंट को कहीं शांतिपूर्ण तरीके से उनमें ज्ञापन लेंगे बातचीत हुई कुछ जगह है अभी देहरादून के अंदर कुछ लोग हमारे अरेस्ट वहाँ पर करेंगे ज्ञापन उनका नहीं दिया गया जाके छत्तीसगढ़ तो वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करा गया दिल्ली में भी यहाँ से ये कहा गया ये दिल्ली के लोगों से हम एल जी से बातचीत करवाएंगे उन उसे हमारे लोग को दगे पुलिस की कस्टडी में ले जाया गया और सात आठ लोगों को अलग अलग जगह उनको दूसरी जगह पर छोड़ दिया गया आपने। ये लोकतंत्र की हत्याएं हैं ये इसीलिए आंदोलन सात महीने हो गए ये सरकार जो बात कहती है वो करती नहीं क्या इस पर विश्वास कर जाए यह पूर्ण रूप से झूठ कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और बात हमको कर लो गवर्नर का जो सैद्धांतिक पद है गवर्नर सबके हैं और उसके बाद दिल्ली उसे सिर्फ बीजेपी के लोग मिल सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा गया संविधान में कि जिस पार्टी की सरकार होगी वही उसे मिल सकते हैं हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं दिल्ली के अंदर वहाँ पर नहीं मिलने गया और अभी भी युद्धवीर सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपने वे वहाँ पे हैं सिविल लाइन्स पुलिस के सामने वहाँ बैठे हुए है, हैं थाने के वहाँ या तो उनको गवर्नर राब से मिलवा जाए जो एन जी एम से मिलवा जाए ऐसे ही देहदून में हमारे जो लोग हैं या तो मिलवा जाए उनसे ज्ञापन दिलवा जाए उनको छोटा जाए ऐसे ही दिल्ली में है नहीं जाएंगे तो हम पूरे देश में सख्त प्रोग्राम हम अपना और ज्यादा करेंगे हम यहाँ से भी, सुनो भी प्रोग्राम अपना करेंगे यहाँ से भी हम दिल्ली की तरफ से कोश करेंगे या तो उनको वहां पर ज्ञापन उनका दिलवा जाए वहां पे ये अन्याय हैं जो लोकतांत्रिक कंट्री में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जब अपना ज्ञापन देना चाहते हैं ज्ञापन भी ना जा सकता हो तो किस तरह की सरकार है इसलिए तो तो जवाब देना पड़ा सकते हैं हम तो उसके लिए पूर्ण सक्षम है तैयार है और इनके खिलाफ ये कार्रवाई हम और करते रहेंगे आप दिल्ली पूछ कर पाएंगे ज्ञापन देहरादून में और अभी दिल्ली में दो जगह के ज्ञापन नहीं मिलेंगे उन इसने उनको अलग अलग जगह पे लोगों को पकड़ अलग अलग जगह पे छोड़ दिया हिरासत में है उनका ज्ञापन लो ऐसे भी होगा कि आप ज्ञापन ही नहीं लोगे ये तो देश में पहली बार जागे ज्ञापन ही नहीं लोगे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 नहीं, नहीं वर्चुअल भी कर नहीं करवा रहे नहीं करवा वर्चुअल वो मीटिंग भी नहीं है नहीं, नहीं सबको पता था क्या गवर्नर भी बीजेपी की बाधा बोल रहेगा उनको तो नहीं बोलनी चाहिए हमारी तो नहीं प्रशासन से है ये नहीं पता वो तो प्रशासन बताएगा वो जैसे दिल्ली में भी एल के भाग गए मुख्य संसदों को पकड़ा और उनको कहा के डॉर्डर आपसे वहाँ जा रहे हैं अलग अलग गाड़ियों में बैठा के उनको अलग अलग जगह उनका छोड़ देगा लेकिन वहां से दोबारा फिर युगवीर सिंह आगे और सिविल लाइन जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे हुए धरने पर बैठे हुए हैं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 कई बार मोदी फसल बीमा योजना से किसानों को कितना लाभ हुआ है होगा और लाभ हुआ लाभ तो सरकार कह रही है कि की लाभ है वो तो वोट बोल रहे सरकार सरकार से बात क्यों नहीं कर सरकार से बात करो अगर अगर सरकार का रवैया ऐसा ही चलो तो ठीक है, नहीं, मिले। है तो नहीं नहीं मिले नहीं, वो अगला मूवमेंट चल रहा हमारा मूवमेंट चल रहा और और, और मूवमेंट को तेज करेंगे हम पूरे देश भर में करेंगे कोविड की गाइडलाइन खत्म होगी तो हम पूरे देश का मूवमेंट को करेंगे